रोड किनारे एक आदमी बड़े से कछबे को पानी में फेंक रहा होता है तभी उसे अचानक दूसरा आदमी देख लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा दाटता है उसके हाथ से कछवा छीन लेता है फिर वो उस कचरे को अपनी पत्नी के साथ में अपने घर पर, ले, पर ले जाता है और उसे मारकर खोलते हुए पानी में डाल देता है फिर उसके ऊपर को निकालता यह करने के बाद में आदमी कछुए आरोप अच्छे से मसाला लगाकर मसाज करता है फिर उस कचरे को प्लास्टिक ऐसी पूरा कवर करता है उस पर बहुत सारी मिट्टी लगाता है फिर उस कचरे को यह आग के ऊपर अच्छे से पकाता है पकने के बाद में उसकी सारी मिट्टी यह हटाता है और अपनी पत्नी के साथ में उस कछुए को बड़े चाव से खाता है वैसे इस बेवकूफ को क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर लिख देना